टॉप 15 फैक्ट अबाउट अर्थ नंबर एक हर रोज सोने की अंगूठी पहनने से एक साल में करीब 6 मिलीग्राम सोना घट जाता है नंबर दो अमेरिका में हर सेकंड 100 पाउंड चॉकलेट खाई जाती है नंबर भीगा कपड़ा बता देगा कि एलपीजी सिलेंडर में गैस कितनी बची है नंबर चार एक व्यक्ति बिना खाने के एक महीना रह सकता है पर बिना पानी के सिर्फ सात दिन ही जी सकता है नंबर पाँच दुनिया की सबसे पहली सेल्फी अठारह में रोबोट कारनेलिय नाम के व्यक्ति ने ली थी जिसमे तीन मिनट लगे थे नंबर छह इंसान की कद काठी सामान्यता पिता पर जाती है जबकि दिमागी क्षमता भावनात्मक मजबूती और शरीर की बनावट माता पर नंबर सात यदि आपके अंदर किसी को माफ कर देने का गुण है तो यह आपकी सेहत के लिए सबसे ज्यादा लाभदायक है नंबर आठ एक सामान्य मनुष्य के शरीर में जितनी शक्कर होती है जिससे दस कप चाय मीठी की जा सकती है नंबर नौ साल दो में ऑस्ट्रेलिया के बावन साल के कार्ल्टन विलियम्स ने एक घंटे में टू थाउजेंड मारकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया नंबर दस जिराफ अपनी इक्कीस इंच लंबी जीप से कान साफ करता है